गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं अपने पिता के और विश्वास की शपथ लेता हूं। माता सत्यवती, राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा जीवन हम बच्चे का निर्वाह करूंगा हम बच्चे का